तो so, हेलो दोस्तों कैसे हो आप बढ़िया हो तो चलिए फटाफट से लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आपको डेली गेमिंग वीडियो देखना हो तो आदित्य ऊपरे गेमर को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं तो ये बता रहा है चैनल नेम तो मेरा चैनल का नाम है आदित्य प्रेम अब ये बता रहा है गेम का नाम क्या है इमोजी गेम तो हाँ दोस्तों आपको लग रहा होगा कि इतना सिंपल गेम है तो आप भी खेल सकते हो हाँ दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि मैंने क्रीन शॉट मारे मेरे फ्रेंड्स ने क्वीन शॉट भेजिए तो मुझे कुछ आंसर इसके मालूम नहीं है तो चलिए फट से लाइक कीजिए शेयर कीजिए या है और बेर है, है, मुझे लगता है बेर से, आए, ताँगा ताँगा ताँगा ताँगा ताँगा है है ने पानी पिया ऐसा कुछ इमोजी को लग गया है और ऐसा दिखा रहा है मुझे लगता है कि कार से गिर गया होगा और हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है ऐसा आईज और मोबाइल uh, दिखाए तो देख के कॉल कर रहा है अब स्टार और फिश दिखाए तो मुझे लगता है टार्टार फिश होगा मतलब सूर्य और बल्ब दिखाए सैडोडे भी होता है ना उस दिन में ब्राइट रहता है सन तो दोस्तों खत्म हो गया लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए तो चलिए मिलता हूँ आपको अगली गेम वीडियो में तब तक के लिए